that to kaise aap log jab na mai to kumada nobody point target down enemy down thosdi ke andar se khol ke baja denge tujhe pata bhi nahi chalegi for the red team cover me turn up uh. the blue team is <laughs> in expired so, ruko zara sabar karo nice shot kaisa laga <laughs> mera mazak no mercy blue team victory